खाओ बनाओ 96, YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है आप लोग के लिए मैं तरह तरह की कमेंट कीजिए मंच के लिए आज मैं बनाने वाला हूँ वेज मंचन तो कौन से कौन से इंग्रीडियंट आप लोग को कभी कभी डालने आप लोग को बताने वाला हूँ किलो पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है आप लोग मिक्सर में ग्रीट भी कर सकते हो कद्दूकस भी कर सकते हो उसके बाद हम लोगों को दो टीस्पून गाजर लेना है कैरेट लेना है आप हाँ एक टीस्पून हम लोगों को कांदा बारीक काट लेना है उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची लेनी है टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को चार से पाँच लहसुन पतले पतले काट लेने हैं और हम लोग को हाफ़ टी स्पून अपना जिंजर गार्ली का पेस्ट ले लेना है और थोड़ा सा स्प्रिंकल अनियन ले लेना है टी स्पून मैंने फूड कलर ले लिया है आप लोग इसको स्कीप भी कर सकते हो तो हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम लोगों को रेड चिल्ली सॉस हम लोगों को लेना है दो टीस्पून। ध्यान से देखिएगा दो टीस्पून मैंने लिया है उसके बाद हम लोग जितनी वेजिटेबल्स हमारी हैं उसको भी ऐड कर लेंगे जैसे कि मैं सबसे पहले कंधे ऐड कर लिया मैंने अपना कैरेट ऐड कर दिया है आ, मिर्ची ऐड कर दिया है हम लोग ने हमारा लहसन ऐड कर दिया है हम लोग ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया स्प्रिंकल अनियन ऐड कर दिया है फूड कलर भी हम लोग ने इसी स्टेज पे ऐड कर दिया आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग इसको स्लोली स्लोली मिक्स कर लेंगे उसके बाद ये मिक्स करने के बाद हम लोग नमक ऐड करेंगे भाई जैसे आप लोगों को करना है हम लोग ने फूड कलर ऐड कर दिया इसके आप देख रहे हो हम लोग ने हल्का हल्का मिक्स कर दिया पूरा कलर चेंज हो गया हम लोग अब सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे सॉल्ट आप, लो, आप लोगों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है ज्यादा कम नहीं डालना है नमक एड करने के बाद हम लोगों को कॉर्नफ्लावर तीन चम्मच मैदा को तो तीन चम्मच मिक्स करना है स्लोली स्लोली हम लोग को इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है और इसके टेक्सर के ऊपर देखना है कि कैसा टेक्सचर बन रहा है आप लोग को मैं गाइड करते रहता इसको हम लोग कंटिन्यूसली मैश कर रहे हैं एटलीस्ट दो मिनट हो गया मैश करते करते ऐड करना, करना है दो टी स्पून हम लोग को कॉर्नफ्ला ऐड करना है दो टी स्पून हम लोग को मैदा ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है जैसे कि हम लोग ने दो दो और भी ऐड कर चुके थे अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है तो हम लोग को दो दो टी और भी ऐड करना है तो दो टी स्पून हम लोग कॉर्नफ्ला दो टी स्पून हम लोग मैदा ऐसे ही रेशो में आप लोग को स्लोली स्लोली मिक्स करना है और जब तक ये ड्राई ना हो जाए और फिर स्टार्ट मिक्स करेंगे सेम एज इट इज एक के साथ आप लोग अगर डाल दोगे तो थो ये थोड़ा गट हो सकता है क्योंकि कॉर्नफ्ला जो आप लोग को पता ही है कैसा है नेचर में हम लोग का डो रेडी है जैसे कि मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ डो मेरा एकदम टाइट हो रहा है तो आप लोग को भी डो ऐसा बनाना है जो मंचूरियन एकदम कड़क हो तो आप लोग देख सकते हो डो देख लो कि शेपिंग अच्छी आ रही है अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे अब मैं ढेर सारे डो बना देता हूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगा तेल हमारा लो फ्लेम पे बहुत अच्छा हीट हो गया हम लोग हम लोग मंचूरियन ऐड करना स्टार्ट करेंगे मंचूरियन वन। देना है सारे को तो चलाते मंच गाइस फूड कलर का जो प्रोसेस है वो सिर्फ कलरिंग के लिए है कि हम लोग का मंचूरियन अच्छा दिखे आप लोग स्किप भी कर सकते हो आप लोगों को इसको पकाने में एटलीस्ट फाइव टू टेन मिनट लगेंगे स्लो आँच पे आप लोगों को ऐसे चलाते रहना जिससे अच्छे से अंदर पक जाए जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसको मैंने 6 से सात मिनट स्लो आँच पे कर लिया है तो ये पक गया अभी इसको हम लोग को रेड करने के लिए हम लोग हाई फ्लेम पे दो मिनट के लिए पकाएंगे अभी हम लोग इसको बाहर निकालेंगे और फिर हाई फ्लेम पे फिर से डालेंगे हाई पे है, अभी हम लोग मंचेंगे तो भाई आप जैसे कि देख रहे हो गा मंचन रेडी ही होने वाला है तो इसको हम लोग छान के बाहर करेंगे जब हम लोग निकालेंगे हमारा मंचन अच्छे से जैसे कि आप लोग देख रहे हो ग्लोजर आप लोग को दिखाऊंगा ये कि मंचूरियन कितना अच्छा बना हुआ है तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ये मंचूरियन एकदम रेडी है